हेलो यूट्यूबर्स स्वागत है मेरे चैनल मार्वल और डीसी वर्ल्ड में मैं आपको मार्वल और डीसी के सिद्धांतों और दूसरों के बारे में बताऊंगा तो तैयार हो जाइए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों